नमस्कार सभी युवाओं भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार आ, मैं समर चित्रपाठी टी सी स्टडी सर्कल से आज से हम एक नया नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी एक वाक्या आज के पहले सीरीज में ही हम पास के नाम पर इस सीरीज को रख रहे हैं जो कि एक काफी प्रसिद्ध एक कवि थे पंजाब क्षेत्र में जिन्होंने भारत के आजादी के बाद अपने मार्मिक प्रसंगों से आ, समाज को खरी खोटी अपनी वाक्यों काव्यों के माध्यम से उन्होंने सुनाई उन्होंने जो अपनी जिंदगी जी कहीं ना कहीं किसी से बिना समझौता किए हुए अपने मूल्यों सिद्धांतों के दम पर उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का फैसला लिया आखिर जो हम हैश एक वाकया पास के नाम मतलब जो एक वाक्य का सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि प्रसिद्ध कवि और जो कवियों का जो नाम आज हमारे जनमानस पर भी नहीं है लेकिन उन्होंने भारत के लिए भारत प्रासंगिक मानसिक प्रसंग के लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए समाज के सुधार के लिए उन्होंने हमेशा से ही एक अपनी बातों को रखा निडर होकर के बातों को रखा आज ये हैशटैग एक वाक्या, उसी के प्रसंग में हम रख रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं भारत को आजादी मिले हुए पचहत्तर वर्ष होने वाले हैं ओके बाई द वे डेफिनेटली इन दिस ईयर अपकमिंग ईयर वी आर प्लानिंग टू सेलेब्रेट से भारत का अमृत महोत्सव इस काल में जब हम पचहत्तर वर्ष की आजादी का जब हम पिछले पचहत्तर वर्ष का हिसाब हम अपने खुद से मांगे हैं यदि हम इस प्रजातांत्रिक देश का जो एक इवोल्यूशन होता है जो एक कहीं ना कहीं जो इसका विकास होता है जब हम पीछे लौट के देखते हैं पीछे घूम घूम के देखते हैं तो हमको ऐसे बहुत से ऐसे कवि हैं पत्रकार हैं राजनेता हैं, विद्यार्थी हैं और भारत के जितने भी अन्य भारतीय के के और आज्ञा वाली पीढ़ियां भी देश के विकास के लिए अनवरत मेहनत कर रहे हैं या करेंगे या कर चुकी है उनके योगदान के लिए हम इस हैश टैग यूपीएसए वाक्य का जो सीरीज है स्टार्ट किया वेल well, हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि जैसे पास जी की एक प्रसिद्ध कविता थी जो प्रारंभ होती है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती उनका मानना क्या है वो क्या कहते हैं क्या खतरनाक होता है ये सभी यूपीएससी भाइयों के लिए है और विभिन्न कमीशन की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए है साथ में जितने भी आ, सरकारी नौकरियां और साथ में जो प्राइवेट जॉब में भी कहीं ना कहीं भारत के योगदान भारत के विकास के योगदान में वो युवा भारती जो अब परिश्रम कर रहा है ये काव्यता उसके नाम उनके नाम पर पास जी के तरफ से वो क्या कहते हैं अपने कविताओं के माध्यम से वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं यदि वो सीख हम सीख पा रहे हैं वो सीख हमले लेके जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मूल्यों पर हम अपने आत्म सम्मान पर आत्मरक्षा के लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे और देश को देश को उस बुलंदी तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे योगदान देंगे जो एक भावी देश जो एक स्वर्णिम भारत राह देख रहा है वो कहते हैं कि मेहनत की खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती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 अक्सर हम कहते हैं चलता है एटीट्यूड ये विचारधारा को लेकर के बहुत सी समस्याएं हैं यदि हमें लगता है हमारा उसमें कोई रोल नहीं है हमें कोई न किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं करेगा तो हम छोड़ देते हैं वही कहते हैं ये कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दबे जब दब जाना बुरा तो है किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है थोड़ा शब्द देखिएगा कैसा वो कहते हैं भारत का आजादी का अमृत महोत्सव अमृत काल मनाने के लिए तैयार है और हम भी 130 करोड़ भारतीय तैयार हैं आगे आने वाले स्वर्णिम भारत की कर, परिकल्पना के लिए हम युवा भारती भी तैयार हैं आगे आने वाले भारत के भारत की आगे आने वाले भारत समस्याओं को आगे वाले भारत के जिम्मेदारियों को अपने कंधों में लेने के लिए हमारे कंधे क्या इतने मजबूत हैं एक बार चलते हैं विचार करते हैं इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वो कहते हैं कि किसी की जुगनों लौ में पढ़ना बुरा तो है मुठिया भेजकर वह बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता सरकारें हम और हमारे युवा भारती अक्सर हम कहीं ना कहीं योगदान भारत भारत के विकास के योगदान में हम अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं मैं एक समाज कार्य बचपन से कर रहा हूं मैं उस समाज कार्य की महत्व को भी समझता हूं। सेवा के माध्यम से हम देखते हैं जब से मैं शहरों में हूं बच्चों को पढ़ाता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं ऐसे बहुत से हमारे युवा भारती हैं, जो निस्वार्थ सेवा भाव के साथ भारत की इस अनवरत गाता में अपने योगदान भूमिका निभा रहा है हर एक उस भारती युवा भारती और भारतीय को मेरे तरफ से नमस्कार और सलाम ये एक ऐसा भारत है जो सड़कों पर उतर करके खुद वक्त का खाना ना खा करके किसी के मुंह में निवाला डालता है ये एक वो भारत है जो गर्म लू में भी बिना चप्पल के चलता है जलता है लेकिन आगे आने वाले भारत के लिए स्वर्णिम भारत की परिकल्पना करता है यह वो भारत है जो एक स्वर्णिम भारत की परिकल्पना कहीं ना कहीं छुपे हैं कुछ ऐसे भी भारतीय हमें हम से जो कुछ करना चाहते हैं कुछ लेके निकलते हैं लेकिन कहते हैं कि क्या हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल है आप जहां भी हैं सुधार वहीं से प्रारंभ करो आप जहां भी हैं यात्रा वहीं से प्रारंभ करो आप सिविल प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु हो या किसी सरकारी नौकरी के प्रशिक्षु हो या किसी सेवा पदा पदासीन हो या किसी भी पद पर आप हो या आप रोजगार सृजन करने वाले भावी भविष्य की परिकल्पना करने वाले भारतीय हो आप जहां भी हैं आप वहां से कर सकते हैं शुरुआत नए भारत की है यह शुरुआत मेरे भविष्य भारत की है मेरे सपनों की भारत की है यूपीएससी ने एक लेख में ऐसे में निबंध में एक प्रश्न भी पूछा था विगत वर्षों में कि आपके सपनों का भारत कैसा हो तो मैं मैं यहाँ उपयुक्त समझता हूँ कि हमारे सपनों का भारत जैसा हो जैसा आप सोचते हैं हमारे सपनों का भारत वैसा हो जहां विभिन्न धर्म जाति और भाषाओं के सभी सभी सद में सभी साथ में रहे और साथ में मिलकर के एक अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए एक अद्भुत भारत की परिकल्पना करें एक ऐसे भारत की जो धर्म जाति भाषा के आधार पर विभेद ना करे एक ऐसा भारत जब हम सभी लोग मिलकर के एक एक नए भारत की परिकल्पना करें एक ऐसा भारत जहां पर जेंडर के नाम पर लिंग के आधार पर स्त्रियों पुरुषों पर विभेद ना हो एक ऐसा भारत पुरुषों के जिस तरह हम पुरुषों या बालकों को शिक्षा देते हैं वैसा हमारी बहनें और बच्चियां बेटियां भी शिक्षा से वंचित ना हो एक ऐसा भारत कि हमारी बेटियां बहनें, जब रात को 12 बजे भी यदि घर से निकले तो उनको सुरक्षा का आभास हो एक ऐसा भारत जहां पर सड़कों पर सो रहे सड़कों पर रह रहे एक श्रम का बच्चा भी उसके हाथ में भी कलम हो और उसको जुगड़ों के लाइट से पढ़ने विवश ना होना पड़े एक ऐसा भारत जिसके जिसके सर पर छत ना हो लेकिन हम उसको छत दें एक ऐसा भारत जो बेसिक नीड्स के लिए रोए ना बेसिक नीड्स के अभाव में भारत की इस विकास की गाथा पे अपनी भूमिका न निभा पाए क्या वो भारत हमें मिल सकता है मिल सकता है हम सभी के सहयोग से हम सभी के परिश्रम से हम सभी के एकत्वभाव एक से पास जी की भी वही पास जी के भी वही सपने थे पास जी ने आलोचना किया एक आलोचक कवि के माध्यम से उन्होंने देश की विभिन्न ने बुराइयां वो चाहे सामाजिक रही हो या प्रशासनिक या राजनीतिक रही हो उन्होंने उन बुराइयों को कविताओं के माध्यम से जीवंत कर दिया समझाने का प्रयास किया ऐसे अदम्यद्भुत कवि के लिए छोटी सी श्रद्धांजलि होगी कि हम हैश एक वाक्य पास के नाम पर उनको श्रद्धांजलि दे सकें आओ चलो हम मिलकर के आज उन वाक्यों को जीवंत करते हैं जो वाक्य पुस्तकों के हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकों के पेजों में शब्दों में कहीं दब गए हो कुचले गए हो जैसे किसी कुचली दबी जनता की तरह आओ चलते हैं हम उसको पुनः जीवंत करते हैं 130 करोड़ भारतीय लोग पुनः जीवंत करते हैं और एक स्वर्ण भारत की परिकल्पना करते हैं जैसे वो कहते हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है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 घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना एक दस लाख से ज्यादा युवा भारती सिविल प्रशिक्षु की तैयारी करते हैं लेकिन सीट कहीं ना कहीं एक हजार ही होती हैं लाखों मेरे भारतीय भाई सपने सजोते हैं प्रशासनिक सेवा में आने के लिए अपना सर्वत्र ने उछावर कर देते हैं कोटी कोटी प्रणाम उन अभिभावकों को कोटि कोटि प्रणाम उस युवा शक्ति को जो भारत के इस विकास धारा से जुड़ने के लिए अपनी पूरी जवानी निकाल देता है और वो अनुभव लेकर के भारत के विकास धारा में जोड़ने के लिए वो में अपने शौर्य अपने स्वाभिमान और साहस के साथ एक नए भारत की परिकल्पना करता है कोटि कोटी उन युवा भारतीयों को प्रणाम जो इस भीड़ में दस लाख भारतीय या किसी भी प्रशिक्षु प्रशासनिक या किसी भी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे गांवों में आज भी वो दबे हुए छुपे हुए कठिन परिश्रम कर रहा है आख में सपनों के साथ तभी तो पास जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना ना होना तड़प ना सब कुछ सहन कर जाना घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना अक्सर मेरी यात्राएं होती रहती हैं मैं जैसा बताया कि हम हम एनजीओ चला करके गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं विभिन्न शहरों पर मैंने तैयारी के साथ साथ और साथ में ये सभी कुछ करने के बाद भी मैं लगभग आज 150 से 200 सौ स्लम बच्चों को शिक्षा देता हूं विभिन्न शहरों में वो प्रयागराज हो या दिल्ली में भी हो या चित्रकूट जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ भी हो और कानपुर जैसे क्षेत्रों में हम सपनों के साथ निकलते हैं हम उम्मीद के साथ निकलते हैं कि क्या हमारा एक पहल क्या किसी के जीवन को बदल सकता है वो किसी कोई और नहीं बल्कि हमारा ही भाई है वो किसी कोई और देश का नहीं और समाज का नहीं बल्कि वो हमारा भविष्य है जो कि आज नहीं तो कल हमारे बुढ़ापे का सहारा भी हो सकता है तो क्या हुआ यदि वो हमारे खून का नहीं तो क्या हुआ यदि वो हमारे पहचान का नहीं लेकिन वो भी हमारे देश का है वो भी सपने देखता है और जो भी सपने देखता है वो हमारा भाई है जो भी सपने देखता है सपनों में तो समानता है कहीं ना कहीं हम एक अद्भुत भारत की परिकल्पना करते हैं जो गरीबी से विमुक्त हो गरीबी से मुक्त हो शिक्षा हो सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सभी सुकून से रहें शांति से रहें एक वो भारत क्या ये हमारे सपनों का भारत नहीं बिल्कुल ये है हम अक्सर देखते होंगे कि कितने हमारे देश में जो समाज सेवक हैं जो अपने आप को इस पंक्ति में दिखाना उचित नहीं समझते कहीं ना कहीं वो अपने को अपनी पूरी सामाजिक सेवा छुप कर देते हैं उन कोटि कोटि आत्माओं को मेरा प्रणाम कहीं ना कहीं हम सभी को उन उन सभी को सराहना देना चाहिए हम जितनी उनकी मदद कर सकना मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए क्योंकि सही बात कही गई है कि सबसे खतरनाक क्या होता है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना हम मुर्दा क्यों बने और यह भी सही है कि घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना क्या बस हमारा यही जीवन है क्या सिर्फ हमारा यही काम है क्या सिर्फ हमारी यही जिम्मेदारी है समाज के प्रति देश के प्रति राष्ट्र के प्रति बिल्कुल नहीं हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए सपनों के भारत के लिए हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं हमें ईमानदार रह करके एक राष्ट्र को राष्ट्र को उस उचाइयों तक ले जाना पड़ेगा जो ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद विश्व के किसी भी राष्ट्र में रह रहे लोग कहें कि एक भारत भूमि है जिसका एक ना अपना एक प्राचीन इतिहास था और इसका वर्तमान इतिहास भी है और इसका भविष्य भावि इतिहास भी है यह अनवरत चलने वाला एक राष्ट्र है यह कोई एक राजनीतिक राजनीतिक सीमाओं में बटा हुआ एक भूगोल नहीं ये एक सौ करोड़ भारतीयों कि उम्मीद है कि सपने हैं जो हर दिन जीवंत तो होते हैं और जीवंत ही होते हैं आगे पंक्तियों में पास जी कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई में चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है आपकी कलाइयों में घड़ी तो चल रही है लेकिन आपको वो रुका हुआ दिखे क्या आपको नहीं लगता कि आजादी के बाद भी एक ऐसा भारत भी है जो विभिन्न सुविधाओं से वंचित है आज भी वो रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहा है आज भी वो अशिक्षित है शिक्षा से वंचित किया गया है या शिक्षा से वंचित है ये प्रश्न ये प्रश्न हमें कचोटता है आज भी एक ऐसा भारत है जो उजाला जिसके पास प्रकाश नहीं है सूरज का ही प्रकाश उसको प्रकाशित करता है और पूर्णवासी का चंद्रमा उसको प्रकाशित करने उसको प्रकाश देने के लिए संघर्ष पंद्रह दिन इंतजार करने के बाद पंद्रह दिन मेहनत करने के बाद वो चांद उजाला देने के लिए आता है क्या हम एक सौ तीस करोड़ भारतीय हम उसको उजाला देने के लिए इतना परिश्रम नहीं कर सकते एक ऐसा भारती जो एक वक्त का खाना खाता है एक ऐसा भारती जो ट्रेन में चल रही जनरल बोगियों में बत, ब, बचे हुए बैठे हुए युवा भारती या बैठे हुए उन भारतीयों की आंखों में आप देख लेंगे कि रोटी कपड़ा मकान के लिए वो हजार हजार किलोमीटर एक पग पर एक पैर पर खड़े होकर के चालू बोगियों में आता है एक दर्द जो वो छिपा के रखता है लेकिन एक जो एक भावना है मिल जुल करके उस यात्रा को सुखद पूर्वक मिटाने की निकालने की वो सरानी है एक कैसा भारती जो अपने अंदर छिपे हुए दर्द को दूसरे के साथ दर्द एक दूसरे के साथ मिल बांटकर चेहरे पे मुस्कान लिए हुए चलता है एक कैसा भारती जो भूखा रह करके भी दूसरे को दूसरे का पेट भरता है हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले लोगों का भी यही सपना है हम सपने देखते हैं तो क्या हम सी प्रशासनिक पद में आसीन होने के बाद क्या उन श्रृंखलाओं में रह करके ही काम करने के लिए बिल्कुल नहीं हमारी जिम्मेदारियां एक भारत के नागरिक होने के नाते भी बहुत है विभिन्न राजनेता विभिन्न पत्रकार विभिन्न कवि विभिन्न लेखकों ने विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से देश के राष्ट्र के उत्कल उत, उत, उत, भविष्य के लिए प्रयास करते रहे हैं अब आज भी हमारे विभिन्न ऐसे राष्ट्र निर्माता मेहनत कर रहे हैं उन्हीं में से छुपे हुए एक राष्ट्र कवि के माध्यम से मैं कह सकता हूं एक ऐसे कवि जिन्होंने कहीं ना कहीं उस कदम पर अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को पिरोने का प्रयास किया वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक वहां आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है जो चीखों से उठती अंधे अंधेपन की भाग पर ढुलक जाती है जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुहराव के उलटफेर में खो जाती है शब्दों वाक्यों पर ध्यान दीजिए वो कहते हैं जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुहराव के उलट फोर फेर में खो जाती है सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद बीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हुए और हुआ हुआ करते गिदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप को कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुख जाए मेहनत की लोट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना हमारे सपनों का मर जाना मेरे युवा भारतीयों हमें सपनों को नहीं मरने देना है संघर्ष करते रहने रहना है हम जानते हैं कि इस संघर्ष इन रास्तों में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बहुत से ऐसे युवा भारतीय युवा छात्र हैं जो दो वक्त की रोटी ना खा करके भी अपने सपनों को जीवंत रखते हैं वो सपने सपने वही होते हैं जो संघर्षों में तपने के बाद भी भूखे रहने के बाद भी वो जीवंत हो हमारे धमनियों में हृदय में हृदय की धड़कनों के साथ वो जीवंत हो आपके सपनों आपके जागने और सोने के बाद वो जीवंत हो हमेशा के लिए वो आपके रग में धमनियों में बह रहे लहू के साथ जीवंत हो वो धड़कनों के साथ चल रहे हो सपने वही सपने होते हैं जो आपको जीने ना दे जो आपको सोने ना दे जो आपको लड़ने के लिए हमेशा मजबूर करें सभी युवा भारतीय जो इस बार प्रशासनिक सेवा यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो कि 5 जून 2022 को है मेरे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जिनकी तैयारियां हो गई हैं उनके लिए भी जिनकी तैयारियां ना हो उनके अंदर डर है डर को हटा करके चलते हैं इस आगे में कूदने के लिए तत्पर रहिए क्योंकि अभी संघर्ष अभी जो आगे वाला आगे आने वाला संघर्ष है वो काफी लंबा भी हो सकता है अब इस संघर्ष में डर होना जरूरी नहीं डर होना स्वाभाविक है लेकिन ये डर ही डर से जीत अभी डर से जीत आपकी आत्मा को आपसे मुलाकात कराने का सबसे सही जरिया है जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे आप ये समझ लीजिए कि निर्वाण की प्राप्ति आपको हो गई गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति होने का मतलब ये नहीं था तो कोई ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको ज्ञान की प्राप्ति ही यही हुआ कि जीवन और मृत्यु दो ही छोर हैं जीवन के जीवन से प्रारंभ होकर मृत्यु में समाप्त होने वाला यह बीच का भी तो जीवन ही है अब इस बीच में कई भावनाएं कई रसों रसो, रसो आस्वादन अलंकारों का स्वाद चखना पड़ता है लेकिन जीवन के प्रारंभ और मृत्यु के अंत की सीमा के बीच का जो जीवन जो हम जीते हैं यही हमको एक नई पहचान देती है मेरा भी यही मानना है मेरा भी वही मानना है कि आप वक्त के साथ चलो वक्त के साथ रहो वक्त से वक्त के साथ लड़ो वक्त से नहीं खुद से लड़ो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए वी मस्ट नॉट फ्य प्रॉब्लम वुड बी कम बट यह सब एक वक्त की बात है मैंने एक कविता भी लिखी थी कि एक वक्त की बात है ये भी चला जाएगा कल वो था आज ये है कल कोई और आएगा बस संघर्ष करते रहो उम्मीदों के साथ जुड़ून के साथ जोश के साथ क्योंकि क्योंकि हमारी जो जीवन की एक रेखा है उसकी भी एक निर्धारित सीमा है लेकिन जो जीवन में हमें जीना कैसे है इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है बस आप ये समझ लो कि आप अपने जीवन के चौकीदार हो और चौकीदार बन करके साथ में आप अपने जीवन के दार्शनिक भी हो आप अपने जीवन के लेखाकार भी हो आप अपने जीवन के निर्माता भी हो आपको किसी ने जीवन तो दिया और मृत्यु का वर्णन भी करेंगे लेकिन जीवन के बीच में जो जीवन काल है वो आपके हाथ में है और वो सपनों के साथ है सपने देखेंगे सपनों को पाने के लिए संघर्ष करेंगे अपना सर्वत्र देंगे परिणाम कुछ भी हो उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे यही जीवन है मेरे मैं यही मानता हूं मेरा डी दर्शन भी यही मानता है कि जीवन वो नहीं जो संघर्षों से डर करके हट जाए जीवन वो नहीं जो संघर्षों से मुंह फेर ले जीवन वो नहीं जो हारने हारने के बाद भी, विवश हो जाए और जंग छोड़ करके भाग जाए जीवन वो है जो हारने के बाद भी पुनः खड़ा हो और फिर कहे कि फिर से करते हैं फिर खड़ा होकर के कहे कि चलो फिर से लड़ते हैं इसका भी मजा लेते हैं अब देखते हैं कैसा परिणाम आएगा जितने भी योद्धा हुए हैं महान योद्धाओं के बारे में आप जानते होंगे जितने भी योद्धाओं ने इतिहास रचा सबके जीवन की कहानी यही है वर्तमान में भी जितने भी बड़े बड़े योद्धा राजनीतिक योद्धा हो राजनीतिक दिग्गज हो या पत्रकार दिग्गज हो या कविताओं के काव्य क्षेत्र में दिग्गज हो या लेखक संसार में दिग्गज हो या छात्र छात्र संसार में दिग्गज हो या प्रतियोगी छात्रों में जो निकला हुआ दिग्गज हो सब में एक ही समानता मुझे दिखती है वो अनवरत अपने सपनों के लिए लड़ते रहते हैं वो थकते नहीं तो एक वाक्य जो पास के नाम पर था हमने पास जी के बारे में पढ़ा पास एक एक लेखक कवि नहीं बल्कि वो हस्ती थी और वो हस्ती हम जैसे युवा छात्र के साथ साथ राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक नया संदेश देते हैं और वो संदेश हम जो उनके एक प्रिय कविता से ग्रहण करते हैं वो संदेश यही था कि सपनों को मरने नहीं देना है और अपने उज्जवल देश भविष्य के लिए हमें तत्पर प्रयास करते रहना है हमें संघर्ष करना है हमें सपने देखना है और उसके लिए अनबड़त मेहनत करते रहना है आपको जितने भी समय मिले किसी भी काम के लिए आप अपना सर्वोत्र देने का प्रयास किया करें वो चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहने बहनों की बात हो या किसी भी किसी भी प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले हो या कोई भी युवा छात्र युवा मेरा युवा भारत कोई काम करने वाला जो भी आप कर रहे हो आप अपना सर्वत्र देने का प्रयास करें क्योंकि जीवन मिला है तो जीवन जीने का कला आपके हाथ में होनी चाहिए और वो हाथ जो सपने होंगे वो आपके होंगे और उन सपनों के साथ आप आगे बढ़ते रहें मेरे सभी युवा छात्रों के लिए और युवा भारतीयों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप संघर्ष करते रहो मेहनत करते रहो उम्मीद के साथ देखते हैं वो डगर भी जो डगर में हमें फिसलना सिखलाया देखते हैं अगला नगर भी जिस नगर में जाकर के फिसल जाएंगे तो क्या लेकिन खड़े होंगे फिर से लड़ेंगे और उस सपनों को जो सपने हमने संजोए थे दस को पहले जो हमारे आंखों में आज भी है उनको पुनः जीवंत करते हैं और लड़ेंगे संघर्ष करेंगे और जो सपनों को लेकर के इतने सालों तक लड़ रहे हैं मर रहे हैं उसको पुनः जीवंत करके अपनी हस्ती जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है इस फासला में हम उस हस्ती को अपने नाम की हस्ती बना देंगे मूल्य और सिद्धांतों के दम पर या अपने व्यक्तित्व के दम पर जय हिंद जय भारत